नहीं यही से जाएंगे ना घुमाते हुए ले जाएंगे अच्छा हाँ। उधर आवाज आ रही मैं कह रहा जंगल में मंगल का का <laughs> नहीं नहीं सर झाड़ियों झाड़ियों ही बोलता देखो में आने का क्या फायदा रहता है जैसे कि मेरे कान के थीज़ा। थीज़ा। थीज़ा। आगे ये का मजा अलग ही होता है नैनो ने, ने, ने, ने बनाया लेनो जबरदस्त लहनो और इसके अंदर काफी सारे ये लेके अभी <laughs> <रही हो> <laughs> आ जाओगे लेने के लिए घूमने लगेंगे तो तो हम दो मिनट थोड़ी आधा एक नंबर नंबर ले लो जरा बोलो बहुत और समीर जी और क्या ले मजे आ रहे हैं ना बढ़िया आपका कैमरा अच्छा यार मैं तो एस यार। <laughs> <laughs> बहुत एस एल एस था बहुत जबरदस्त क्लियरिटी यार बाकी ये जो नजारा है यार ये देखने के लिए कहा मिलेगा देखो कैमरा इधर घुमाओ थोड़ा देखो मैं दिखाता हूँ नजारा यही देखो <laughs> जंगल में मोर नाचे अरे <laughs> बाप रे तो कि नहीं दे अच्छा रहा है है मेरा माफ करना लाइव नहीं नहीं वो रही नहीं चेक कर रहा था ये लाइव आ रहा है कि नहीं नहीं आ रहा ले रहा हूँ नाउको परसोनी हो रहा है सर इधर हाँ वही मैं भी बंदर कूदनी ये जबलपुर का बंदर कूदनी है जैसा कि आप देख सकते हैं जबलपुर को तो जो घर में लगता है जी देर में रुक जाओ बताइए सब तो तो सामने पूरा है ना, जी तो ये घर में में होता है होता है है ये घर नहीं लगता है। सर, इसकी मूर्ति बनती है। अच्छा, इसकी मूर्ति बनती बनती अच्छा वाला अलग होता है वाला अलग होता लगाते हैं यहाँ पानी कहाँ तक आ जाता है ऊपर आखिरी बार पानी पूरा आता ही नहीं है जैसे बार की बात करें तो पिछले साल या अभी ध्यान मतलब समय का या तारीख का नहीं निकलिया मतलब इसी टाइम पे आता है अभी भी मतलब चार दिन बरसात हो जाएगी और गेट वगैरह डेम से खुल जाएंगे तो बाढ़ अभी भी तो आप ये देख सकते हैं ये भेड़ाघाट का बंदर कूदनी हम लोग हमारी ऐसे टेलीकॉम की टीम आई हुई है यहाँ पे सारा स्टाफ है यहाँ पे हमारा ये मिलन सर ये आप देख सकते हैं समीर सर यहाँ ब्लॉग बना रहे <laughs> तो आपका कैमरा तो बहुत अच्छा है के, सर कैमरा कैमरा दे दो ना सर ऐसा <laughs> <laughs> मैं तो बहुत पीछे चल रहा हूँ कैमरे के मामले में एस नाइन प्लस तो यार बहुत बिछड़ा तुम्हें अभी pro कोई, कोई भी नहीं चलाएगा तुम में से मुझे लगता है S9 नोट no अल्ट्रा लेने का मैंने सर अभी थोड़ा बजट नहीं है मैं हज़ार साढ़े हजार रुपये बताना तो तो बता रहा था ना राफ्टिंग बहुत जैसे अभी ये नहीं देख रहे हो ये ऋषिकेश में से ऐसा पानी मिलेगा मगर ये कम है वो बहुत थोड़ा होगा उसमें होती है राफ्टिंग और जैसे बहुत बताएंगे यहाँ पे पानी चाहे उसके अंदर वो नाव जाएगी नाव अरे जाओ जाना नीचे धुल जाएगा <laughs> काम अरे वो कौन लटका हुआ हुआ है है है? आदमी? बैठा क्या? कर इंडिया का मैप चलिए वो है इंडिया का मैप और आप ले लगे पत्तर सौ का भारत का नक्शा है क्या यही बात बहुत लोग यही मकर बस वाली थी यही बात ये बात मशीन है दो, मान लो आया आया नीचे नीचे ना। से से से से से से उससे अपन आए थे ना नाव नाव नाव होगा ऊपर हेलो हो जो, जो।, जो। जो एक बार बार आए आए आए थे वही वही है, है। है, पहली तो तो वो लाता हैं। टाइम पे नाव जो पानी से। याद आ गया, अंदर दिखाता है देखो कार खड़ी है वो देखो दो बच्चे खड़े हुए हैं। दो मैं आपको बता रहा था ये गुलमर्ग है लो वाइट होगा छत छत जिस हट में हम कहते हट है हम कह रहे थे ये भी बाइक अभी वही जा रहे हैं